हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे दोस्तों आज हम आपको जिस देश की जानकारी देने जा रहे हैं वो आज भी दुनिया का सुपर पावर कहलाता है एक ऐसा देश जहाँ की टेक्नोलॉजी सबके ऊपर भारी है एक ऐसा देश जो है सबसे एडवांस्ड और जिसने दुनिया को कंप्यूटर के बारे में बताया है दोस्तों सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं इस देश में ये देश इतना बड़ा है की पूरा का पूरा यूरोप ही इसमें आ जाए जी हाँ दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सबसे पहले आपको बता दे कि अमेरिका का ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश की टोटल पॉपुलेशन है 34 करोड़ के आसपास और आबादी के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 36 लोग आरोप स्क्वायर किलोमीटर दिख जाएंगे यहाँ की कुल आबादी का एट्टी हिस्सा शहर में रहता है तो वही एटीन हिस्सा जो है वो गाँव में रहता है अमेरिका को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं क्यूँकी दर्ल्ड फैक्ट बुक की रिपोर्ट के अनुसार वैसे तो की लिटरेसी रेट है 99 परसेंट जो कि बहुत ही अच्छी है इसीलिए शायद अमेरिका में सबसे ज्यादा जेंटलमैन रहते हैं न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का सबसे बड़े शहरों में से एक है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की एक समय था जब न्यू शहर को न्यू एम्स्टर्डम के नाम ऐसी जाना जाता था जो लोग एम्स्टर्डम में ऐसी अमेरिका शिफ्ट हो गए थे उन्होंने ही न्यूयॉर्क का नाम न्यू एमस्टर्डम रखा था लेकिन बाद में इसे बदला गया और इसका नाम सत्रवीं सदी में न्यूयॉर्क रखा गया अमेरिका में अगर कोई भी क्राइम करता है तो सीधा जेल जाता है आपको लगता होगा कि ये नियम तो हर देश में है लेकिन यहाँ की बात इसलिए अलग है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो इस समय जेल में बंद है वो कहीं और ऐसी नहीं बल्कि इसी देश ऐसी है आपको बता दो की दुनिया की टोटल पॉपुलेशन जो इस समय कैदी के रूप में जेल में है उनमे ऐसी ट्वेंटी लोग अमेरिका ऐसी ही है दोस्तों अमेरिका के लोगों के बीच में कुत्ते को पालने का शौक जो है वो अलग ही लेवल पर है आपको बता दूं कि देश में कुल पाँच करोड़ से भी ज्यादा कुत्ते हैं। यहाँ आपको ज्यादातर लोग अपने पालतू तो कुत्ते के साथ दिखेंगे दोस्तों स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो आपने सुना ही होगा ये है दुनिया का सबसे कमाल का स्टेचू लेकिन क्या आपको पता है की ये स्टेचू अमेरिका को गिफ्ट में मिला था जी हाँ साल एटीन में फ्रांस ने ये स्टैचू अमेरिका को गिफ्ट के तौर आरोप दिया बता दूं कि ये जब फ्रांस से भेजा गया था चार महीने की मेहनत के बाद इसे असेंबल किया गया और इसे जोड़ जोड़ कर तैयार किया गया आज ये दुनिया का सबसे आइकॉनिक टावर बन गया है दोस्तों अमेरिका के 47 सेवन परसेंट लोगो का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ के लोगों का टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है पिछले एक साल ऐसी हम सबको वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ गयी है सब काम घर ऐसी ही होता है लेकिन आपको बता दे की वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अमेरिका ऐसी ही आया है और यहाँ तो ये कई सालों से मस्त तरीके से चल रहा है अमेरिका के लोग 90% समय अपने घर में ही बिताते हैं इसका मतलब साफ है कि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं अमेरिका की राजधानी शहर है वॉशिंगटन डीसी। लेकिन वॉशिंगटन डीसी हमेशा से इस देश की कैपिटल सिटी नहीं रही न्यूयॉर्क यो सिटी सबसे पहले इस देश की राजधानी थी यहीं से सारे पॉलिटिकल चीजें एक्शन में ली जाती थी लेकिन जुलाई 16, सत्रह को वॉशिंगटन डीसी को यूनाइटेड स्टेट की राजधानी बना दिया गया यहाँ स्थित व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति के रहने का घर है और आपको जानकर हैरानी होगी की इस व्हाइट हाउस में एक कमरे है व्हाइट हाउस को दुनिया का सबसे पावरफुल हाउस भी कहा जाता है अमेरिका में मेडिकल की सुविधा फ्री है यहाँ की गवर्नमेंट नागरिकों को तरह की फैसिलिटी देती है यही वजह है कि अमेरिका के ज्यादातर लोग आज में ही जीते हैं दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के लोग खाने पीने को लेकर बहुत शौकीन हैं। यहाँ पर पिज्जा का बहुत क्रेज है लोग यहाँ एक दिन में कम से कम 18 एकड़ जमीन के बराबर का पिज्जा खाते हैं और उसमें भी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चीज पिज्जा खाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर दिन हो या रात लोगो के पेट में ज्यादातर पिज्जा ही अंदर जाता है दोस्तों अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर इसके बारे में ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं क्यूँकी आपको पता ही है की ये दुनिया का सबसे पॉपुलर करेंसी है आज के दिन में एक डॉलर इंडियन में लगभग तिहत्तर रुपए के बराबर हो जाता है तभी तो जब कोई अमेरिकन लोग हमारे देश आते दे हैं तो उनको लगता है कि देश कितना सस्ता है तो दोस्तों ये था अमेरिका कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलेगा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया